मैंने सुना है कि बुरा ना माने कि चिराग और काव्या का कुछ एक एपिक सागा है <laughs> चिराग ऐसा क्या हो सकता था कि इसका जवाब कुछ अलग होता बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है मैम चिराग ने एक्चुअली कभी ये सोचा ही नहीं कि वो ये पूछे कि कैसे वो काव्या के लिए सही हो सकता है <laughs> काव्या मैं पूछना चाहता हूँ जिसके कारण ये मतलब सिलसिला आगे बढ़े अगर वो जैसे एक महीने के लिए बाकी लड़कियों से बात करना बंद कर दे तो मैं शायद कंसीडर कंसिडर कर माय गॉड गॉडोती बोल रही है पॉसिबल ही नहीं है खाना भी खाता लड़कियों, हाँ, लड़कियों, लड़कियों के साथ हाँ लड़कियों के साथ ही बैठते लड़कों के साथ तो बैठता ही नहीं है लड़कियों के साथ ही बैठता है <laughs> तो चलिए मैं अपने स्टॉप वॉच पे डाल देता हूँ थर्टी डेज मैंने स्टॉप वॉच शुरू कर दिया है तीस दिन तक हम देखेंगे <laughs> कि चिराग किसी भी कन्या से वार्तालाप नहीं करेंगे थैंक <laughs> यू चिराग थैंक यू काव्या।